शनिवार को मछली शहर कोतवाली परिसर में यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया संगोष्ठी में वाहन चालकों को सुरक्षा सावधानी से लेकर स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी दी गई संगोष्ठी में पहुंचे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलद कुमार सिंह ने वहाँ पर लगे हुए सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया संगोष्ठी में उपस्थित सभी लोगों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में लगभग 21,000 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती है संगोष्ठी में मौजूद चालकों को यातायात पुलिस प्रभारी जीडी शुक्ला ने हेलमेट सीट बेल्ट अपनी सुरक्षा के लिए लगाने की नसीहत दी उन्होंने मदिरा नापक यंत्र से लेकर के ध्वनि प्रदूषण यंत्र के बारे में जानकारी दी उन्होंने सड़क पर हमेशा बाई और स्टॉप लाइन जिब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करना और चौराहे पर सिग्नल पर लाल बत्ती हरी बत्ती देख जाने की बात बताई संगोष्ठी में ही लगभग सौ से अधिक वाहन चालकों के आंखों का परीक्षण किया गया ईसीजी परीक्षण स्कीन परीक्षण के साथ ही जनरल स्वार्थ परीक्षण भी किया गया